की तरह बेड पे लेटे लेटे मैं टीवी में यूट्यूब देख रहा था तभी मैंने नोटिस किया कि आजकल बहुत लोग यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बना के वायरल हो रहे हैं और अपने एक फैन बेस बना रहे हैं फिर मैंने सोचा कि मैं भी एक अपना चैनल खोलूंगा और पॉपुलर हो उ पर ना तो मुझे स्क्रिप्टिंग आती थी, थी और ना ही एडिटिंग लेकिन मैंने तय कर लिया था वीडियोस तो मैं बना के रहूंगा तो दिन रात इंटरनेट पे धोने के बाद मुझे एक बंदे का पेज मिला जिसने बताया कि कैसे बस टाइटल लिखने से हमारी पूरी एक शॉर्ट वीडियो बनके तैयार हो जाएगी तो सबसे पहले आपको इस वाली पे चले जाना है और अपनी किसी भी आई से लॉग कर लेना है और लॉग करने के बाद सेक्शन पे क्लिक करना है और अपना टाइटल लिख देना है और जनरेटो स्क्रिप्ट ऑन कर देना है और जब स्क्रिप्ट लिखनी जाए तो उसके बाद वॉइस सेलेक्ट कर लेना मेल या फिर फीमेल और फिर रिव्यू पे क्लिक कर देना जिससे की आपके लिए वॉइस और बैकग्राउंड वीडियो जनरेट कर देगा और लास्ट रिव्यू पे क्लिक करके आपकी वीडियो पूरी तैयार हो जाएगी तो जल्दी से इस वाले वीडियो को सेव कर लो और अपने दोस्तों तो तो के साथ शेयर कर दो